Empowering awareness on hypertension with Dr. Nagendra Singh यदि ये, आपके, में तो है, तो ये आपके शरीर में हाई भी होगी आपका बीपी यो सिमटम नहीं आएगा लेकिन हाइपरटेंशन लगातार ज्यादा रहता है तो धीरे धीरे आपके शरीर में नसों को आपके हार्ट को ब्रेन को आंखों को और किडनी को डेमेज करता रहता है इसलिए को तो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है बीपी को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन तो है ही, उसके अलावा आप लाइफस्टाइल स्टाइल मोडिफिकेशन कर सकते हैं। जिसमें जैसे आप आ, किसी भी तरह का तंबाकू, बीढ़ी सिगरेट या अल्कोहल का सेवन ना करें और अपना वजन है उसको कंट्रोल में रखें डेली फिजिकल एक्टिविटी करें स्ट्रेस न लें सात से आठ आठ घंटे की नींद ले